इस वीडियो में हम हाथ्स ट्रेडिंग के एक बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे एवरी वीक 8000 रेगुलर बेस पे प्रॉफिट मिलने वाला दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है अगर अपनी व्यू की विपरीत दिशा में मार्केट चले जाता है तभी प्रॉफिट को मेंटेन कर सकता है रिस्क को भी कंट्रोल कर सकता है वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों इस टाइप की स्क्रीन कुछ एक आप देखा होगा अपना व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल में मैंने एक लाख रुपए प्रॉफिट ले लिया एक करोड़ रुपए प्रॉफिट ले लिया कोई भी बंदा अपना प्रॉफिट्स को पोस्ट करता लेकिन अपना लॉस को कभी भी पोस्ट नहीं कर सकता दोस्तों अगर कोई बंदा वन ईयर की प्रॉफिट्स पोस्ट कर लेता तभी मैं मान लेता हूँ कम से कम सिक्स मंथ के भी रेगुलर प्रॉफिट्स पूरा ट्रेड की देख सकते हैं तो तभी हम मान लेते हैं ऑप्शन बेलर कमा सकते हैं ऑप्शन में बैयर से ज़्यादा सेलर्स कमाता दोस्तों सेलर से ज़्यादा अगर जो स्ट्रेटजी यूज़ करता है रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं हम चलते हैं अपनी वीडियो पे फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी में हम ऑप्शंस को सेल करते हैं इसकी वजह से ये शार्ट करते हैं और ट्रायंगल ट्रायंगल मतलब निपटी की रेट सेवेंटीन थाउजेंड चल रहा है सपोज हम कुछ दूर जा करके के काल और कोट दोनों को सेल करते हैं इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इसलिए ये शार्ट स्ट्राइंगल फ्रेंड्स इस स्ट्रैटी में ये प्राइस से जो करंट प्राइस से कुछ दूर अप जा कर के काल को हम बेच देते हैं और पुट को भी बेच देते हैं। अगर हम अपना प्राइस से दूर जा कर के काल और पुट बाई करते हैं तो उसको लॉन्ग ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो को थ्रिटिकल व्यू से मैं समझाऊंगा ने बिगिनर्स के लिए अच्छी तरह समझना है प्रैक्टिकल वे में समझाऊँगा दोस्तों अभी तक आप लोग इस इस्ट्रेटी की टेन परसेंटेज कवर किया आगे एडजस्टमेंट देखेंगे इसमें आपको प्रॉफिट पक्का होने वाला दोस्त। अपना लॉजिक रेंज बाउंड मार्केट अब ये सोच रहा है कुछ ही एक रेंज में हो सकता है इसमें उसी रेंज में कहीं भी मार्केट हो आपको मैग्जिम प्रॉफिट मिलेगा और रेंज क्रॉस होने के बाद आपको लॉसेस आना शुरू हो जाता है और लॉसेस को कवर करने के लिए वीडियो का अंत में किस प्रकार एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट को मेंटेन कर सकता है अपना रिस्क को कैसे काबू में ला सकता है उसके बारे में हम देखेंगे ट्राइंगल ठीक है अप्लाई स्टाक में करना या इंडेक्स में करना ये डाउट आता है स्टॉक्स में कभी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना फ्रेंड्स क्योंकि स्टॉक्स में कभी कभी 20 से 30 परसेंटेज फाइव परसेंटेज टेन परसेंटेज कभी डिफरेंट मूव आ सकता है अप या डाउन किसी कारण से कोई न्यूज़ की वजह से अगर वर्स्ट कंडीशन में भी है इंडेक्स में टू टू फोर परसेंटेज मूव मिलता है दोस्तों या अप तरफ हो या डाउन की तरफ हो इसलिए हमारा व्यू ये है रेंज बाउंड होना चाहिए ज़्यादा वैलिडिलिटी मार्केट में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करना है इसलिए ये स्ट्रैटेजी को सिर्फ इंडेक्स में अप्लाई करना है ठीक है इंडेक्स में अप्लाई किया इंडेक्स में निफ्टी में अप्लाई करना बैंक निफ्टी में अप्लाई करना ये भी नौकात है हम बिल्कुल स्टॉक्स में अप्लाई कर। नहीं करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये अप्लाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी से निफ्टी बेटर है दोनों में अप्लाई कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही इंडेक्स है इसमें सारे सेक्टर्स बैंक की शेयर है एच डी बैंक एसबीआई बी के जैसे मुंह करने से सारे एक निफ्टी हमने सेलेक्ट कर लिया है या तो हम ऑप्शन सेल कर रहा है इसमें क्या वीकली एक्सपेरी चूज करना मंथली एक्सपेयरी को सेलेक्ट करना है ये भी डाउट आ जाता है इसमें वीकली एक्सपेयरी द बेस्ट है क्योंकि एडजस्टमेंट करना आसानी होता है मंथली एक्सपेयरी में स्ट्रेटजी को हम अप्लाई नहीं करेंगे अभी दो पॉइंट क्लियर हो गया निफ्टी में हम ये ट्रेड लेंगे एक कॉल और एक पुट शॉर्ट करेंगे और वीकली एक्सपेयरी को यूज़ करेंगे एंट्री पॉइंट क्या होने वाला एंट्री कहाँ पे होना एग्जेट कहाँ पे होना एंट्री बाद में डिस्कस करेंगे एग्जिक्ट एटी प्रॉफिट के बाद आप इस स्ट्रैटेजी में नहीं रहना है जैसे एट्टी परसेंटेज आ जाता है आप एग्जिक्ट होने एटी मतलब एटी बिल्कुल एकूरेट नहीं प्लस माइनस फाइव हो सकता है आप हंड्रेड परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इंतज़ार नहीं करना थर्सडे के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना अभी मार्केट बिल्कुल रेंज है बाकी 20 परसेंटेज में ले लूँगा करके थर्सडे तक नहीं रहना थर्सडे अगर आप होल्ड भी कर लेता सुबह सुबह एसी स्ट्रैटेजी से आउट हो जाना अगले वीक की सेम स्ट्रैटेजी अगले वीक के लिए आप इनिशिएट करना दोस्तों उसी पैसा से इसमें एंट्री एंट्री पता कर लेते पहले हमको पता चल गया निफ्टी में हम ले लेंगे वीकली एक्सपायरी एग्जैक्ट हमको पता चल गया एटी परसेंटेज अभी एंट्री थ्री प्लस वन थ्री नॉर्मल मेथड वन फिक्स मेथड ये नॉर्मल मेथड जिसको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो वो यूज़ कर सकता है अगर ये वीकली चार्ट है निफ्टी के हम इसमें एक कैंडल वन वीक को दर्शाता है तीन कैंडल को आपने चेक करना प्रीवियस उसमें हाइएस्ट और लोएस्ट प्राइस के पास हाइस्ट पर आप कार को सेल करना लोएस्ट में पुट को सेल करना है सपोर्ट और रजिस्टेंस ऑन चार्ट अगर आप ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर सकते हैं तो आप सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल्स निकालना जहाँ पर रजिस्टेंस है वहाँ पर काल को शार्ट करना जहाँ पर सपोर्ट हो वहाँ पे आपने उसी प्राइस पे आपने क्या करना है पुट को सेल करना है अगर ऑप्शन चेन यूज करके स्ट्रेटी यूज कर सकता हूँ इसमें ऑप्शन चेन पूरा जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है इसमें सबसे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे कॉल में जिस स्ट्राइक पे इस पर मैगजिम ओपन इंटरेस्ट है उसी स्ट्राइक पे इसकी कॉल ऑप्शन हम लेंगे मतलब कॉल को बेचेंगे और पुट की तरफ जो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसी प्रीमियम की हम पुट को शॉर्ट करेंगे अगर ये समझ में नहीं आता उन लोग ए स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं निफ्टी में फाइव पॉइंट्स यदि निफ्टी सत्रह चल रहा हो 500 पॉइंट ऊपर 17,500 की काल और उसे 500 पॉइंट नीचे सत्रह सोलह फुट को सेल करेंगे नहीं तो और एक स्ट्रेटेजी दोस्तों जिसकी प्रीमियम 115 वन है काल या फुट की उसी स्ट्राइक प्राइस में 115 वन की कार 115 वन की फुट को बेच सकता है इस प्रकार बैंक निफ्टी अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं उस समय थाउजेंड पॉइंट की डिफरेंट होना चाहिए सपोज बैंक निफ्टी 37,000 सेवन पे और 36,000 की पीए और 38,000 एट की कॉल को शार्ट करना है नहीं तो आप 150 फिफ्टी की प्रीमियम वाला कॉल काले आउटपुट को शार्ट करना है ये एंट्री की पॉइंट है हम लेते हैं इसमें निफ्टी की 115 ये 115 वाली कॉल आउटपुट को सेल करेंगे तब हमारा स्ट्रेटी में क्या फ़ायदा होने वाला कितना प्रॉफिट होने वाला अभी हम देखते हैं हमने वन वन की काल आउटपुट भेज दिया उसके बाद इसी के अंदर से फाइव रुपीस माइनस करना काल में और इनमें से फाइव रुपीस क्योंकि आपका ब्रोकरेज और आपका इंटरनेट चार्ज के लिए निकालना हुआ ये अपना नहीं होता और टेन रुपीज़ माइनस करना ये बाद में मैं बता दूंगा मैं बता दिया पहले आपको सौ सौ दो सौ रुपये की प्रीमियम मिलने वाली यदि मार्केट सत्रह से सोलह सो के बीच में मार्केट रह जाता है उस समय आपका 200 प्रॉफिट होने वाला लेकिन मैं पहले बता दें एट्टी परसेंटेज प्रॉफिट आने के बाद ये स्ट्रैटेजी से हम आउट हो जाते हैं वन सिक्सटी आपकी प्रॉफिट इसमें मिलने वाला यदि मार्केट ये दोनों बीच में हो जाता है तो इससे पहले ये सेल करने से पहले टेन रुपीज की प्रीमियम वाली कॉल और फूट को आपने खरीदना खरीदना दोस्तों क्यों खरीदना कोई बंदा जिसको पता है ये बोल रहा ये आयरन ऑर्डर नहीं है दोस्तों ये नहीं है ये दस रुपये इसलिए कर देवा हम ये प्रीमियम को कम करने के लिए अगर बैंक निफ्टी में वन लाख एटी थाउजेंड वाली प्रीमियम आपको इतना पैसा लगेगा इसमें एंट्री होने के लिए आपसे सिक्योरिटी पहले से ले लेगा वो एक लाख बीस हज़ार हो जाएगा ये दस रुपये काल और फुट को ख़रीदने की वजह से दस वाला बहुत दूर जाकर ये हमको मिलने वाला नहीं इतना मूवमेंट होगा नहीं एक्चुअली मार्केट इतना मूवमेंट भी एक हफ्ता में नहीं करता दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में हो गए तो एक नॉर्मली बिना दस रुपए जैसे वो प्रीमियम ये सिर्फ ये कॉल और कुटी इसलिए हम खरीद रहे अपना प्रीमियम को कम करने के लिए अपना जो पैसा हम लगा रहे प्रीमियम उसी को कम करने के लिए लाजिक क्या है हम रेंज बाउंड समझ रहा है इसमें अगर मार्केट रेंज बाउंड है आपका निफ्टी में एट थाउजेंड पर वीक मिलेगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सत्रह से सोलह के हमने दोनों क्या वहाँ पर मैगजिम प्रॉफिट होगा यहाँ इसके बाद इस तरफ अगर काल की तरफ उट की तरफ जा रहा हो मार्केट तब क्या होगा आपका प्रॉफिट घटेगा कुछ समय के बाद आपका लास्ट में चला जाएगा ये लास्ट को कैसे मैनेज करना है? हम आगे देखेंगे लेकिन ट्रेड लेने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये स्ट्रेटजी न्यूज़ यानी कोई अच्छा न्यूज़ ख़राब न्यूज़ आने वाला उस समय लेना नहीं है बड़ा बड़ा कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है उस समय ले लेना वार सिचुएशन देखना गैप अपैपडाउन का भी खतरा है उसके ऊपर ध्यान देना अगर अपना व्यू सही है हमको प्रॉफिट मिलेगा अदरवाइज आपकी नुकसान आने लगता है तब आपने कुछ एक एडजस्टमेंट्स करना होता है वो पाँच गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों फर्स्ट रूल बैंक निफ्टी में फोर और निफ्टी में एट प्रॉफिट से संतुष्ट होना को एडजस्टमेंट नहीं करना आउट हो जाए 50 परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड फुट प्रीमियम दूसरा रो अगर मार्केट में आपने 17500 और 16500 हज़ार की कॉल और पुट सेल कर दिए सौ सौ रुपये का मार्केट यदि एक तरफ मूव कर दिया तब ये फुट की प्रीमियम बढ़ जाएगा हम लास्ट में आ जाएंगे तब ये कॉल की प्रीमियम कम हो जाएगा उस समय कोई एडजस्टमेंट नहीं करना जब तक फिफ्टी परसेंटेज ये दोनों के बीच में ना हो जाए Suppose 80 रुपीस हो गया ये या 120 ट्वेंटी रुपीस हो गया या एटी रुपीस हो गया तब हम कुछ नहीं करें क्योंकि मार्केट दोबारा वापस भी आ सकता है इसकी वजह से ये बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना दूसरा अगर फिफ्टी परसेंटेज से अबाउट डिफरेंट आ जाता suppose सपोज़ ए हो गया डेढ़ सौ ए हो गया फिफ्टी तब डिफरेंट हो गया तब हमने क्या करना नाइन्टी परसेंटेज ऑफ कॉल और कुट के प्रीमियम के एडजस्टमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान एक तरफ़ चला गया इसका प्रीमियम हो गया अभी दो सौ रुपये ऑटोमेटिकली इसका कम हो जाएगा ट्वेंटी रुपीज़ हो गया तब आपने क्या करना टू हंड्रेड की 90 परसेंटेज सपोज़ 150 हो गए समझ वन फिफ्टी की 90 परसेंटेज वन थर्टी के आसपास की ये काल को शाट करना कब करना ये काल की प्रॉफिट बुक करने के तो आपको कुछ पैसा मिलेगा इसलिए एडजस्टमेंट के लिए भी कुछ पैसा रखना होता है ये स्ट्रैटी आप लिया हो तो उसके बाद और भी कम हो गया और भी बढ़ गया ये इसके बाद जितना बड़ा है, उस तरफ की शार्ट नहीं करना जो बड़ा बनने दो जो कम हुआ उसको कम करते हुए कम करते हुए दोनों को एक ही जगह पर लेके आ जाना दोनों बराबर प्रीमियम हो जाता उसके बाद उसकी टेन परसेंटेज ज़्यादा हो जाता उसके बाद आप इस ट्रैटेजी से आउट हो जाना आपका लाइट मिनिमम ज़ीरो होगा यदि वो कंडीशन नहीं आता फिर वापस आ जाता आप प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि ये प्रीमियम बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली प्रीमियम करते हुए आ जाएगा ज़्यादा वेरिएशन आएगा तभी आपको इसमें नुकसान हो सकता है वो रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यदि मार्केट में शाम को तीन बज गया कल के लिए ये स्ट्रैटी ऐसे रखूगी ऐसे कभी रखना नहीं है दोस्तों इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम डिलीवरी में लेते हैं लेकिन ये दोनों की डिफरेंट 50 परसेंटेज हो जाता है 50 परसेंटेज से कम हो जाता है तब जो कम होगा इस भी मुँह कर सकता है अगर ये प्रीमियम बढ़ गया तो ये प्रीमियम घट जाएगी इसको शेयर ऑफ करना काल की नज़दीक वाला सपोज 130 कॉल चल रहा हो फुट आपकी सेवेंटी रुपीज इसको प्रॉफिट बुक करना उसके बाद आप 130 इधर चल रहा है तो कम से कम 100 से एक सौ दस वाले फुट को और एक बेचना ये दोनों की डिफरेंट 50 परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दूसरा दिन होकर अगर 50 परसेंटेज से कम हो वो एडजस्टमेंट नहीं करना वैसे आप सुबह के लिए चले जाना दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों सब्सक्राइब करना धन्यवाद